रिकॉर्डिंग इन तो आज की हमारी क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर। जी हाँ क्या यूज होता है सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं या फिर व्यू के अंदर जो माइक्रोज होते हैं ना ये माइक्रोज होते हैं और जो हम कोडिंग से खुद से लिखते कोड करके वो हमारा वीवी माइक्रोज होता है हाँ पे क्लियर कर लीजिए कि चाहे के थ्रू हो या या खुद से रिकॉर्ड या VVA में में कोड कर दोनों सेम ही है दोनों बनते माइक्रो ही है राइट ओके सर वीवी एक लैंग्वेज का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है जिसकी मदद से हम माइक्रोज बनाते हैं जो कि हम लास्ट क्लास में समझाते हैं अगर हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो वो भी आपका लैंग्वेज yes. का जो code, जो किया है, आप जाएंगे एडिट में तो देखेंगे कि इसने भी माइक्रोक्रिंग का ही यूज किया हुआ है हम भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसी तरह के लैंग्वेज का ही यूज करेंगे okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फिर अगर हमारे पास एक ऐसा टूल्स है जो खुद खुद माइक्रो को रिकॉर्ड कर देता है तो आपके भी कर देता है तो फिर हम क्यों सीखे ओके okay. समझे समझे समझिए तो इसलिए है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप एक लिमिटेड वर्क कर सकते आप रिपीटेशन भी कर सकते हैं आप किसी तरह की नहीं uh, नहीं लगा सकते सकते सकते सकते हैं, डायनेमिक so कर कर वगैरह वगैरह इसमें इसमें सर सेव वो डाल ना रिकॉर्ड में ही ही. Okay. तो, तो इसके तो तो आपके बहुत अच्छा है क्या है लर्निंग आवर में आपको हर एक टॉपिक मान लीजिए मुझे कॉपी करने का पोर्ट नहीं कर तो हम जाएंगे रिकॉर्ड माइक्रो में करेंगे और यहां से कॉपी करेंगे यहां यहाँ करेंगे और स्टॉप हम कॉपी करके इसकी एडिट करके इसके माइक्रो में ये okay, okay, हाँ, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा जैसे जैसे आपको लैंग्वेज सीखते समय एक डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है जो की वन लैंग्वेज लैंग्वेज में वर्ड्स की मीनिंग्स uh, बताता है ना मैं चाहे इंग्लिश से हो या फिर मुझे अगर माल अगर मालूम मलयालम सीखना हो तो मुझे भी हिंदी टू मलयालम के डिक्शनरी चाहिए, होगा। चाहिए तो तो... एक आपका हो जाएगा ताकि आप जो है यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग मैटर तो अभी अगला स्टेप क्या होगा आपको आपके पास अभी दो तीन दिन का टाइम भी है तो आप क्या करेंगे जितने भी मेरे वाद में फीचर है नहीं आता है उसको नोट डाउन करेंगे और मुझसे बात करेंगे कैसे सर एक एग्जाम्पल दे सकता है दे, माल, मुझे मान लीजिए मुझे बोल निकालने का कोर्ट पता है पता कैसे बोलने का कोर्ट क्या होता है तो मैंने क्या सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग माइक्रो पे क्लिक करके क्लिको रिकॉर्ड शुरू कर दूंगा okay. okay. हो गया, हो गया। क्योंकि तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसने क्या कोड है इसके बाद इसको स्टॉप कीजिए और डेवलपर में माइक्रोज लिस्ट में जाइए और जिस का मैं रिकॉर्ड किया उसे करके एडिट okay. एडिट पे पे क्लिक क्लिक कीजिए ओके करेंगे कोड दिख जाएगा सिलेक्शन डॉट बोल्ड ओके ओके क्योंकि ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स होता है ना होता है इस को रन किया को हो जाएगा ना जैसे आप गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं तो दादाजी पे बैठ जाएंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी ओके आप पहले गाड़ी के फंक्शन के बारे में सीखोगे गाड़ी फंक्शन कैसे करता है तो आपको बेटर रहेगा ना सब पता रहेगा अच्छे से पता रहेगा बेटर रहेगा तो आपको पता है कि गाड़ी क्लच गाड़ी का क्लच होता है क्लच सिस्टम क्या है स्टेरिंग सिस्टम क्या है ब्रेक का क्या सिस्टम है हैंड ब्रेक क्या वर्क करता है डिक्की कैसे बोलता है दूर कैसे, होती है, दूर कैसे होती आपको भाई गियर कैसे बदले से तीन नंबर का है।, है पांच नंबर क्या है, तीन नंबर तो का ठीक है तो ये चीजें आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो से आपको अच्छा रहेगा कि जब आप रिकॉर्डिंग माइक्रो में क्योंकि जरिए फिगर क्या करोगे ये ऑप्शन ना सर क्या फिगर तो आप एक ऑप्शन ही करोगे ना ऑप्शन करें हेलो हाँ सर ऑप्शन ही करेंगे ना सर हम्म हम्म हु. तो यहां भी चीजें आपको बेनिफिट ओके कर उसका अंडरस्टैंड कीजिए को हम लोग आपस में बोलते है ना कि बात करने का लहजा लहजा समझते है आ, समझे समझे हाँ. उसी तरह से आप कोर्ट कोर्ट को जब समझेंगे को तो कोर्ट के लहजा को पता चल जाएगा कि कोर्ट आके कैसे फंक्शन कर रहा है ओके सर इक्वल इस सब चीजें कहाँ पे लग रही है, है हु, समझ गए तो, तो इसकी समझ में आपको आएगा एक खुद चीज समझ लीजिएगा ओके okay, सर और जब मैं उसको आज जब मैं सारी चीजों को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप इजिली समझ में आ जाएगी आपको याद होगा वाली तो किया था मैट्रो कि तो भी दिखाया और, आहा, आहा, तो ये चीज आपके साथ भी लागू हो सकती है अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आप अपने आप को अवेयर कीजिए कोडिंग के थ्रू तब आपको लर्न करने में बहुत बेनिफिट होगा ओके। तो अभी आगे, आगे कुछ आप वन बाई वन कीजिएगा ऐसा नहीं है कि आप एक बार में दस पंद्रह फीस अप्लाई करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा किस तक आपका कोड है ओके बेनिफिट कब होगा जब दोनों साथ, साथ करें जैसे कि आपने क्या किया आपने विंडो को है, दोनों को ऐसे कर जैसे कर लीजिए मैं मैं से करता ओके okay. और मैंने यहाँ पे Micro यार हुआ आ गया ना मैं वो एक्सेल में नहीं नहीं जैसा कर दिया है कर... दोनों को पैरल कर दीजिए ठीक है ना हाँ उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे मैं माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू किया है, है कि बन गया अब देखिए हा, मैं हाँ पे, इस पे क्लिक ये रेंज आ आ आ आ गया गया गया गया है ओके आगे, आगे, आगे। अब मान लीजिए कि मुझे इसकी इसकी फ़ॉन्ट कर सकते हैं उसके बाद मान लीजिए मुझे मुझे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर कलर कलर कलर देना है। कलर, कलर देना है है एक एक एरिया एरिया सेलेक्ट सेलेक्ट किया देखिए हो गया और फिर अगर तो मैंने से दिया कोड आ गया समझे समझ गया इस तरह कलर... से वन वन बाय को करें और okay, इसका नंबर रखा है।, है उसका नीचे जब, जब फॉलो तो तो जीरो है, है, है मतलब की जरूरी नहीं है इसको नहीं भी ला लो कलेगा कलर हमने लिया है तो यहाँ पे पैटर्न है Okay. पैटर्न की जरूरत नहीं है तो आप एक चीज कर सकते हो हटा दो सिर्फ से, सिर्फ कलर कलर भी डाल डाल सकते हैं ठीक है से, से फ़ॉन्ट ही डालना है बाकी चीज अपने आप आ रही है हम चाहिए तो रखिए ना हाँ हाँ इसी चीज को आपको समझना है ओके सर